पश्चिम दिशा की ओर पहले आप चार पक चलिएगा उपरांत पूर्व दिशा की ओर जाइएगा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 आगे बने जो है राशिफल पर उससे पहले आप सभी गणमान श्रोता लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए डेली राशिफल आपके नोटिफिकेशन में बिना किसी बाधा के पहुंचे तो बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए राशि